ऐसा क्यों है कि हर वक्त जो नहीं है हमारे पास उसी पे हमारा ध्यान जाता है जो है उसकी खुशी क्यों नहीं है पर फिर सोचते हैं अगर जो है उसी को देख लेते तो शायद दुनिया में कोई दुखी ही नहीं होता